हेलो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक लिए गेम गेम प्ले प्ले चैनल चैनल को को लाइक लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना मत भूलना कुछ अच्छे हो जाए हो गए नीचे पड़ था देखा यहाँ पर कोई कुछ तो था तो यहाँ तो पर geçikse. Okey. Dur dur dur dur. O şey var. Sik, le. Metle. Ya. उसके लिए मुझे नीचे जाना कार कार है कार नाइनटी एट कार नाइनटी नहीं चल रहा है सर्च में कौन से है मैं एक मिनट के लिए तो है। रहा है है लगता वो निकल निकल डर के भाई नहीं कर रहा क्या हो रहा है इस एमक नहीं लग रहा मेरा एम ही नहीं लग रहा है तो तो है। यार। काम तो, तो नहीं, नहीं। एक म्यूजिक सेट इसमें सच लगे कुछ मिल जाए। इस पर चल सकते हैं इस पर कैसे जाते हैं पहले कंफर्म कर लेते हैं। वेल, लोब लोड कर को है, है हेड किल हो गया एक और सेट था ऊपर ही ऊपर कौन था यार पर हमें मिल रहा सब बस ये देखो ये के पास कहां पर है लॉन्चर है मेरे पास मेरे पास लॉन्चर से क्या कहेगा यार समय से क्यों तो ओ भाई एक भाई पीछे सारे कुछ भाई दो नंबर में चलते साथ में चला जो भी की में काश था वो कुत्ते करते लेकिन नंबर में हम ही लेंगे इस बात से हैं? ये चैनल मेरे सब्सक्राइब करना आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दो मिलते हैं बाकी बाय बाय